नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि आईटी मेगा जो, मेगा जॉब फेयर सरकार द्वारा समय समय पर लगाए जाते हैं इन मेगा जॉब फेयर के द्वारा जॉब सीकर के लिए जॉब भी प्रोवाइड कराए जाते हैं तो अब इस मार्च माह में राजस्थान सरकार द्वारा आईटी मेगा जॉब फेयर 19 से 21 मार्च 2023 हजार को जयपुर में लगाया जा रहा है जहाँ पर डिग्री डिप्लोमा आई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और अनुभवी लोग लो जो फेयर में आए और उनको आईटी एवं अन्य सेक्टर में उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे इसमें यह कहा जा रहा है कि 4000 से अधिक कंपनियां भाग 400 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी मल्टी प्रोफाइल जॉब होंगे इंटरव्यू और इंट्रेक्शन होगा ऑन द स्पॉट सलेक्शन होगा और जो पिछली बार जो जोधपुर में जो फेयर हुआ था नवम्बर में उसमें जो आंकड़ा है वो इस तरह का उसमें करीब बारह हजार से वो 12,000 से अबव लोगों को जो ऑफर दिया गया था तो इसमें कौन कौन सी कंपनियां थीं इसमें आईटी से संबंधित थी बीपीओ जो कॉल सेंटर होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित थी इंजीनियरिंग से टेलीकॉम से सिविल से बैंकिंग फाइनेंस कंसल्टिंग पेट्रोलियम रिटेल इलेक्ट्रिकल और भी कई सारी कंपनियाँ थीं जो ये मेगा जॉब फेयर होगा वो राजस्थान कॉलेज कॉमर्स कॉलेज में होगा तो जो भी जॉब सीकरस हैं जो योग्यता रखते हैं डिग्री डिप्लोमा आईटीआई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोसेस एन ओवी जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं जो जॉब चाहते हैं वो आईटी जॉब फेयर की वेबसाइट पर ये मैंने ओपन कर रखी है आई जॉब फेयर इस पर जा करके रजिस्ट्रेशन कर, कर लें तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ इस पर आप जाएंगे उनको क्लोज कर दें क्लोज करने के बाद इसमें जॉब फेयर का एक डिटेल है इसमें लिखा रजिस्टर एज ए कैंडिडेट आप यहाँ पर चले जाएँ इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर फर्स्ट नेम ये तीनों कंपलसरी हैं लास्ट नेम ईमेल, ईमेल कंपलसरी है जेंडर मेल फीमेल फ्रेशर और एक्सपीरियंस जो भी हैं डाल किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं उससे डाल दें उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट डाल दें डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक वगैरह इसके बाद आपका जनाधार या एक्नोलॉजी नंबर डाल दें मैडेटरी नहीं है वैसे ये इसके अलावा एकेडमिक टाइप स्कूल है कॉलेज है हाईस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो इसमें आप चूज कर लें किसमें एग्रीकल्चर वगैरह विंट करके जो इसमें ब्रांचेज दे रखी हैं जहाँ पर स्पेशलाइजेशन है आपका उसको तो सेलेक्ट कर लें किस ईयर में आपने वो डिग्री ली है इसमें फिर आपका परसेंटेज क्या है टेंथ की परसेंटेज क्या है ट्वेल्थ की क्या है और क्या क्या स्किल्स हैं आपकी जो भी आप ले रहे हैं उसमें स्किल्स क्या है इसमें आप पाँच स्किल्स का चुनाव कर सकते हैं सबमिट पर क्लिक कर देंगे सबमिट पर क्लिक करते ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपके मोबाइल पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर का मैसेज आ जाएगा इसको आप संभाल के रखें और आप उन्नीस से 21 मार्च को जयपुर में राजस्थान कॉलेज कॉमर्स कॉलेज में जाएं वहाँ पे एंट्री फ्री है तो आप इसमें एंट्री लें और जो भी जो जॉब सीख रहे वो अपना जॉब इसमें प्राप्त कर सकते हैं तो आप खुद भी जा सकते हैं आपके परिचित हैं जान पहचान के लोग हैं उनको भी आप बता सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रचार प्रसार करें इसमें हम भी विभिन्न कॉलेजों में जाकर संपर्क कर रहे हैं लोगों को अवगत करा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जॉब भी उनको मिलेगा मैं उम्मीद करता हूँ और आपको कोई भी इसमें कोई इश्यू हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आप ऑफिस में संपर्क कर लें आपकी समस्याओं को समाधान किया जाएगा तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई है उन्नीस से इक्कीस मार्च टाइम साढ़े से साढ़े छह से छह रहेगा एंट्री इसमें फ्री है और विभिन्न प्रकार की 400 से अधिक कंपनी आएंगी जो कि ऑन द स्पॉट सिलेक्शन होगा इसमें तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें बहुत बहुत धन्यवाद